बार का दिखावा फोन ने जामी ले रे ले तेरे बड्डे डोन ने छोटू पानी पी के आजा तेरा फूल रसदम जिते हम खड़े हो जाओ मटर खत्म